चाबी नहीं मिल रही है यार मेरे को अभी मैं घर कैसे जाऊंगा <laughs> <laughs> बीच पे रिटर्न आते हुए बीच में गाड़ी बंद हुआ Hey guys, good afternoon. 26 दोपहर दो तो में फ्रेश हो गया इसमें कुछ खाने वाने नाश्ता करने भी मम्मी के घर ही गया था एंड अभी मेरे को टाइम मिला है की मैं ब्लॉग बना लू मेरे घर पे आया है आयुष और रोनक आयुष अपना चेहरा छुपा रहे हैं उसको पता नहीं क्यों क्या मेरे से बर्डर लगता है और एक आदमी और है मैं तुमको उससे भी मिला रहता हूँ रौनक अभी मैगल पे पता नहीं टाइम पास क्या कर रहा है रौनक कोई लड़की मिली हमारे नसीब का यू बोथ दिखाओ तुम्हारको जन्नत दिखाओ अभी हम लोग बीच जाने वाले है और ये इसको जाना नहीं है प्रशांत को ये रौनक आया और आयुष आया बीच जानेगा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 building some masses some gains baby lightweight baby aye yeah yeah baby chalta hai chalta hai chalta hai chalta hai utna nahi reh jitna flex tere style mein flex chalte hum log beach pe baby lightweight आज मौसम काफी साफ है ऊपर आप लोग देख सकते हो बादल बहुत गर्मी लग रही है बहुत गर्मी लग रही है आज अच्छा मौसम नहीं है थोड़ी देर में गर्मी है थोड़ी देर में थोड़ी देर देर में में धूप है मजा नहीं आ रहा है आज अच्छा। बारिश आनी चाहिए बहुत अच्छी आएगी शायद गर्मी बाय हमारे आयुष के पास गाइज ईवी है देख सकते हो ग्रीन नंबर प्लेट the more than tired you search for your style light search for the best is for the best bye thank you okay okay 20 rupaya chahiye abhi where you are अभी का सीन ऐसा है कि हम लोग को बीच जाने का ये रास्ते से लेकिन सबसे पहले मैं ये रास्ते पे जाके पेट्रोल भराऊंगा चिकन शर्मा ओनली 20 रुपीस। तो हम लोग ट्राई करने वाले 20 रुपए वाला चिकन शर्मा देखते हैं कैसा टेस्ट आता है इसका बढ़िया है एवरेज भाई चिकन ही डाल ना भी तो हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं बीच पे आयुष कहा है आयुष और रौनक भी वहीं पर है हमारे साथ और दिखाता हूँ मैं तुम लोगों को की हमारे यहाँ पे बीच कैसा है बेसिकली ये अरेबियन सी है तो आती होगी, लेकिन हम लोग ने आधा घंटा टाइम निकाल कर आयुषारा बनाया जैसे कि आप लोग देख सकते हो। आयुष ने वो पूरा जलधारा बनाया हुआ है, जो कि सीधा समंदर को जन्म देती है और ये कासल कहा जाता है मेवाड़ के राजा इसमें रहा करते थे जैसे हम हाँ। <laughs> अजीबो शान शहनशाह <laughs> मैंने कॉर्ड बाइक चलाई थी आयुष को भी मन कर रहा था तो अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटी लेके आया ये अबे क्या चल रही है रेत पे ये मक्खन ध्यान ध्यान उसकी पे है बीच से निकलने ही वाले थे और तब तक, तक की बहुत जोर से बारिश हो गई मैं वापस इसलिए जा रहा हूँ बीच में क्योंकि गाड़ी की गाड़ी की नहीं मिल रही है हाथ मुख ले जेब में देखा ठीक से पे पे दे रहे थे पैसे उसको यहीं कहीं पे, कही पे। चाबी नहीं मिल रही है यार मेरे को अभी मैं घर कैसे जाऊंगा फिर से बारिश आ रही है रौनक के पास उधर किधर गिरी हुई मिली उसको चाबी चाबी सच्ची है ना मजाक मत कर भाई रौनक को कैसे मिली रौनक मतलब जेब में रखते टाइम ही गिर गया होगा जेब में रखते टाइम की तू कैसा मतलब जब मैं उतरा रहेगा तो जब, आया तो? जब पहली बार आए गाइस, अब की गाड़ी लेके बीच में बीच में गाड़ी बंद हुआ हम लोग स्पीट मार रहे थे गाड़ी से। अभी गाड़ी अभी हो आयुष बैटरी लेके दूसरे के साथ क्या चार्जिंग में लगा रहे। अभी हम लोग गाड़ी को टोचत दे रहे लोग रास्ते में हम लोग को टोचत दे रहे जैसा ऐसा ऐसा मजा मिलता है हम लोग के साथ घूमने में तो कभी आप भी आइए और ट्राई भी किया ऐसे नहीं होगा ले गया, बैटरी जा उसकी है, हम लोग इधर। लोग आयुष का गाड़ी एक जगह पे रखती है और अभी जा रहे हैं कृपा देखते हैं गाड़ी का कब चार्जिंग होता है रख दिया एक जगह पे वो मस्त घूम रहा है उसको भेज दिया गाड़ी का बैटरी लेके वो तो मस्त चले गया और हम लोग अटक गए पीछे धीरे धीरे आप अभी आगे देख ले रहे मैं कैसा धक्का दे रहा था गाड़ी को कितना स्ट्रगल लग रहा था शौरमा जो खाया सब खत्म हो गया हमारा अभी बहुत भूख लगा आयुष को अभी जो काटने वाला हो मैं चार शौरमा वाला खिलवाने बजरे रात के ऑलमोस्ट साढ़े दस अभी अभी मेरा वर्कआउट फिनिश हुआ है कुछ अंडे बॉईल कर ले रहा हूँ पोस्ट वर्कआउट मील और अबे मेरा खाना नहीं आया क्या अभी तक अच्छा इधर पड़ा है क्या मेरा खाना भी आ चुका है मेरा प्रोटीन पाउडर खत्म हो चुका है इसलिए मेरे को अंडे बॉईल करके खाने पड़ रहे हैं क्योंकि प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है तो आज खाने में मैंने फिर से चिकन बिरयानी मंगाया बिकॉज चिकन में प्रोटीन होता है और प्राइस में काब्ज़ होता है तो पोस्ट वर्कआउट मील के लिए ये और अंडे अगर आप प्रोटीन पाउडर नहीं पियोगे तो कुछ कुछ कुछ कुछ आप ऐसे हो जाओगे भुख के शिकार तो बस गाइस आज के लिए बस इतना ही बज रहे रात के ऑलमोस्ट एक बारह पचास हो रहे हैं प्रशांत ने भी वर्कआउट फिनिश किया वो भी अपना पोस्ट वर्कआउट मिल ले रहा है मिलते हैं आप लोग के साथ नए वीडियो में नए दिन पे किसी और ब्लॉग में तब तक के लिए बाय बाय गुड नाइट टेक केयर सी यू